ज्ञानवापी पर सुनवाई को लेकर उमा भारती ने कहा कि पितृ पक्ष में हमें महत्वपूर्ण निर्णय सुनने को मिला है कि ज्ञानवापी पर भी याचिका सुनवाई के योग्य है। ये है। प्रसन्नता का विषय काशी मथुरा अयोध्या हमारे हृदय के विषय हैं। उन्नीस सौ के एक्ट का पालन हो रहा है जब ये विधेयक आया तो मैं इसमें प्रमुख वक्ता थी मैंने तब भी कहा था इसमें अयोध्या को जोड़ा गया है कृपया मथुरा और काशी को भी जोड़ा जाए तब ऐसा नहीं होने पर हमने इसका बहिष्कार किया था भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि ज्ञानवापी याचिका शुरुआत है जब राम मंदिर की बात हुई तो फैसला सबने सुना आगे भी ऐसा हो मेरी अपील है कि ये जो याचिका है इस पर हमें उत्तेजित नहीं होना है काशी मथुरा अयोध्या हमारे हृदय का विषय है उन्नीस के एक्ट का पालन हो रहा है जब ये विधेयक आया तो मैं इसमें प्रमुख वक्ता थी मैंने तब भी कहा था इसमें अयोध्या को जोड़ा गया है कृपया मथुरा और काशी को भी जोड़ा जाए तब ऐसा नहीं होने पर हमने इसका बहिष्कार किया था का उसके बाद जब राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का फैसला आया तभी पूरे देश ने उसको सम्मान के साथ सुना उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया पूरे देश एक और सम्मान के साथ उसको देखा और मुझे ही बात भूल भी गई मैं तो के हवाले से था था उसमें मैंने जो आग्रह किया वो यही कि अयोध्या मथुरा और काशी तीनों का एक साथ समाधान करने से ही हिंदू पक्ष का समाधान हो जाएगा उमा भारती ने कहा कि मुस्लिम और हिंदू समाज में अंतर है हिंदू समाज देवी देवताओं के खिलाफ सुन सकता है मुस्लिम अपने नबी के खिलाफ नहीं सुन सकता इस देश में मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं मेरे पास जो संख्या है उसके हिसाब से वे अल्पसंख्यक नहीं कहलाएंगे लेकिन वे हैं। मैंने कहा था कि आक्रांताओं की यादें जब तक रहेंगी तब तक शांति नहीं रह सकती मैं चाहती हूँ कि मथुरा का मामला भी सामने आए ये मामला भी न्यायालय में सुना जाए और उसका भी निर्णय हो कि कृपया इसमें मथुरा और काशी गौर जोड़ने लेकिन जब हमारे प्रस्ताव को नहीं माना तो अडवाणी भी हमारे पिता थे लोकसभा के उन्होंने फैसला लिया कि हम इस विधेयक को पारित होने के खिलाफ बहिष्कार करेंगे